मेहर में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों ने बाइक से तिरंगा रैली निकाली सभी पत्रकारों ने अपने अपने वाहनों पर राष्ट्र ध्वज लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए अलग अलग मार्ग से यात्रा निकाली देश आजादी के पिचत्तरवी वर्षगांठ को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गयी है सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के समर्थन में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों ने मेहर में बाइक रैली निकाली नगर के सभी पत्रकार अपने अपने वाहनों में के साथ ध्वज को पूरा सम्मान देते हुए निकले पत्रकार भी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए देशभक्ति की भावना से ओत नजर आए रेस्ट हाउस से शुरू हुई यह रैली नगर के विभिन्न मार्गो से होती हुई रेस्ट हाउस पर ही समाप्त हुई नगर के पत्रकारों ने भी नागरिकों से घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा लगाने की अपील की बेस्ट मैन पावर टू दिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो